कौन कौन कौन हो पाए ना? अपना गाना गाय मेरे जैसा गाना लिखने वाला तुझे ना मिल ये तो, तो खुलवाए जैसा तू ने लिखा है तू वैसा ही तो गाय ऐसे मेरे लिरिक्स है जो हाँ रेडियो अब कैसे ट्यून कर पाए अब कान को सुन ले अब दिमाग को टचप्लेट और रेडियो में बजिंग अब पेन ड्राइव में डालेंगे सब कुछ लेना है दुनिया से मकसद बन अकेले में क्यों क्योंकि अपना गाना गाएगा गा, तू बेस भाई तो आया कहता सुर लेके जाए अपना गाना गा। अग गाए अपना गाना गाए अपना गाना गाए तू बेस भाई तो आया कहता सुर लेके जाए अपना गाना गाए अपना गाना गाए तो आगे आगे है क्या तो, तो लेकर किसी का साथ में सामने के के के कारण से मैं रहे हैं सब आगे फिर मन काम नौकरी लिखने की अब जात है करने की अवकाश देने वाला जैसा कोई टैलेंटि जीवन में चाहिए क्यूँ क्यूँकी अपना गाना गाए रह अपना गाना अपना गाना अपना गाना बेस रहता है लेकर जाए अपना गाना गाय अपना गाना गाए अपना गाना गाएगा